देख रही रही रही रही रही है आ, आ, रही है है तो रही है रही है रही है। हंस हंस हंस हंस हंस ना? वो क्या? ठीक से कि ही जबरदस्ती रुपए का पावर दिख रहा दे आ, है, है। हुआ यूं। जब मैं उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग <laughs> हाँ। तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रहे थे क्योंकि हंसने का पैसा दिया था पैसा हाँ। कौन सा पैसा मैं तुझे तो देखने तू कावरा बावरा हो रहा था ना नवरा बावरा हो रहा था और क्या तेरा दोस्त केशव है ना उसने हंसने के हजार रूपए दिए थे तो इस वास्ते तुम हसी थी, थी क्या बदले में आना अपनी <laughs> पूरी इज्जत तो की वाट लगा डाली इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली का सगा बर्बाद करेंगे मेरा चरित्र ऐसा है जल्दी रेडी समझाई क्या नहीं भाव मेरी पैसा कर डाला तुमने कितना पैसा दे रहे तू हजार हजार एक बार हसने रहा अभी बदनाम हो ही गया हूँ तो उसको पांच हजार दे दे। तो में हंसती है तो पांच में पप्पी भी दे देख तेरे से ये उम्मीद नहीं थी ये मत भंग मेरा चरित्र साफ था सबसे बड़ा हलकट तू ही तू नहीं दाग लगा तो है तू ही धोएगा क्या बोल रहे हैं चाचा अभी जल्दी तो दूसरा नाज